आज आपको पता चलेगा कि की कैमरा वाला स्मार्टफोन बेस्ट होता है यह सिक्सटी फोर मेगा पिक्सल ये फोर्टी एट मेगा पचास मेगा पिक्सल ऐसे यहाँ पर मैं आपको कैमरा वाला स्मार्टफोन बताऊंगा लेकिन यहाँ पर वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ यहाँ पर प्लस पॉइंट को एड किया बताऊंगा जरूर लेकिन जिलेबी जैसा घुमाऊंगा तभी बताऊंगा देखो यार यहाँ पर सबसे पहले अपने मन से एक चीज क्लियर कर दो मेगा पिक्सल पर बिल्कुल मत जाना किसी भी स्मार्टफोन में चाहे 1.08 मेगापिक्सल हो या 200 मेगापिक्सल हो या 600 मेगापिक्सल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे तो यहाँ पर 200 मेगापिक्सल 600 मेगापिक्सल सिक्स हंड्रेड मेगा पिक्सल नहीं है नहाँ पर आपको 1.08 मेगापिक्सल एट मेगा पिक्सल फोर मेगा पिक्सल एंड फिफ्टी मेगा और फोर्टी एट कैमरा वाला स्मार्टफोन अभी की डेट में आपको मिल रहा है कॉमेंट था की भाई एक सौ आठ मेगा कैमरा वाला स्मार्टफोन बताओ तो यहां पर आपके सामने कुछ लिस्ट है जो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ स्मार्टफोन है जो 108 मेगापिक्सल आठ कैमरा के साथ आता है मोटरला G60 सिक्सटी ये आपको बिस्के के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा Realme का Realme 8 Pro ये भी आपको बीस के, के अंदर में मिलेगा Redmi नोट 10 Pro Max ये भी बीस के, के अंदर में आता है Motorola Edge 20 Fusion ये 25 के अंदर में आता है. ना यहाँ पर Xiaomi का 11i जो आपको पच्चीस के अंदर में देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पर कुछ और स्मार्टफोन है और ये सारा स्मार्टफोन 20 से पच्चीस के अंदर में नहीं आता है तो मैं थोड़ा सा इसे हटा ही देता हूँ क्यूँकी ये सारा स्मार्टफोन फ्लैगशिप है आज बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोगों का बजट है ट्वेंटी बीस से, से पचीस के अंदर में उन लोगों को बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन चाहिए वो भी मेगापिक्सल कैमरा के साथ सच में देखो गई यहां पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं एक मेगापिक्सल सेंसर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता स्मार्टफोन में जो सबसे खास होना चाहिए कैमरा के अंदर वह है मेगा नहीं बाकी सेंसर जी हाँ देखो तो यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि स्मार्टफोन के अंदर कौन सा सेंसर यूज किया गया है सोनी का या सैमसंग का या किसी और ब्रांड का देखो तो उस पर डिपेंड करता है ऐसा भी नहीं है कि अगर सैमसंग का सेंसर है तो खराब फोटो आएगा सोनी का सेंसर है तो अच्छा फोटो आएगा ये भी डिपेंड नहीं करता है जैसे की सैमसंग का जी या कौन सा सेंसर यूज किया गया है और सोनी का आई या कौन सा सेंसर यूज किया गया है डिपेंड करता है की एक स्मार्ट फोन का कैमरा बेस्ट है या नहीं तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दिया की फोर्टी एट मेगा पिक्सल फोर मेगा पिक्सल हो या चाहे वन जीरो नहीं पड़ता आपको देखना पड़ता है कि स्मार्टफोन के अंदर कौन सा सेंसर यूज किया गया है लेकिन अगर आपको 108 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन खरीदना है तो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट दिखा दिया इनमें से किसी एक को देख लो सारा स्मार्टफोन बेस्ट है लेकिन ध्यान रखना ये सारा स्मार्टफोन ऑल्ड है और मेरे नजर में अभी की डेट में 25 फाइव के अंदर में एक ही स्मार्टफोन है जो मुझे रियलमी का रियलमी 9 प्रो प्लस ये स्मार्टफोन ट्वेंटी फाइव के अंदर में आता है और अभी की डेट के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है रियलमी का 9 प्रो प्लस में बहुत ही हाई लेवल का कैमरा यूज किया गया है पचास मेगा का मैन कैमरा है जो की फ्लैक्सिप कैमरा है और ये सेंसर आता है सोनी का आई मैक्स के साथ जो की रियलमी और सब सेंसर है 8 मेगापिक्सल मेगापिक्सल का मेगा का है। का है है एंड 2 मैक्रो कैमरा चाहे आप फोटो देखो इंडोर का आउटडोर का बहुत ही ज्यादा बेस्ट फोटो क्लिक करता है मुझे ये स्मार्टफोन का कैमरा बहुत ही अच्छा लगता है इस वाले स्मार्टफोन का कैमरा वन ऑफ द बेस्ट है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है स्मार्टफोन के अंदर बड़ी बैटरी बैकअप डिस्प्ले प्रोसेसर तगड़ा दे रख है एमोले डिस्प्ले है पैंतालीस की बड़ी बैटरी है साथ में यहाँ मीडिया हंड्रेड ट्वेंटी वाला है यही स्मार्टफोन है जो ट्वेंटी फाइव के अंदर में आता है और सबसे बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन है यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दिया कि मेगा में बिल्कुल मत जाना देखो इस वीडियो बनाने का मकसद यही था की काफी लोग कन्फ्यूज हो रहा था भाई बेस्ट स्मार्टफोन बता दो वन जीरो कैमरा वाला स्मार्टफोन बता दो फोर मेगा कैमरा वाला स्मार्टफोन बता दो तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दिया मेगा पिक्सल में बिल्कुल मजा आना स्मार्टफोन के अंदर कौन सा सेंसर यूज किया गया है? तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ता है जो मैं आपको अभी बता दिया Realme का Realme 9 Pro Plus। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद काफी चीज समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो